और विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होती है उसके बारे में बताइए मुझे विजुअली इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं और उनको क्या तकलीफ होती है तो आप विजुअल विजुलरमेंट कह सकते हो तो तो नहीं था। मतलब सबको सारी इतने लोग बच्चे बैठे कितने बच्चे हैं एक बार हम कैमरा मूव करते हैं और देखने वालों की संख्या कोई नहीं है वाह गुड कोई बच्चे नहीं देख रहे हैं लाइव क्लास आज की लाइव क्लास में जैसा कि हमने लाया हुआ है पेपर है है कॉमन पेपर पेपर नंबर यूनिट इसमें दिया गया लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स दिखाएगी नहीं? लर्नर्स नहीं कौन से होते हैं लर्नर मतलब सीखने वाले ठीक दो लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं बाकी सब लोग बैठ जाओ मेरे लाइव क्लासेज उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं प्रभाव प्री, प्रीति को नहीं आई अच्छा। और अपनी अपनी सीट के बीच में थोड़ा थोडा गैप कर लो ताकि अगले को ये तो रहे कि दिख रहा बताओ सब लोग देखो कि नहीं रहे हो क्या तकलीफ है लाइव क्लास से जुड़ जाइए और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं वो लोग भी क्लास से जुड़ जाएं आज की जो चैप्टर है वो यूनिट 3.3 पेपर नंबर फोर यानी कॉमन पेपर जो है उसी क्लास से संचालित हो रही है आज तो इसमें यूनिट जो है 3.3 में लिखा गया है क्या लिखा है लर्निंग Learning styles and, and types of. पढ़ लोगी। आप, आप लोगों हम का देते हैं। दो मिनट का हम क्वेश्चन करेंगे ना क्वेश्चन करेंगे आपसे क्वेश्चन करेंगी क्या कल क्यों आज क्या हुआ आज क्या पढ़ा रहे हैं। दो चार ग्यारो है हम दो मिनट एक लोग और सभी को जवाब देना ही होगा कुछ भी पूछ सकते हैं दो मिनट तो मिनट तो तो तो का वक्त डिवाइस लो कोई। तो, तो कि देखे। मैं देखे। मैं ना की दो मिनट का आपको वक्त या मिनट का समय लीजिए। फटाफट देता हूँ ताकि आप लोग क्या मूव करोगे मैं देखता रहूंगा फटाफट रिवाइज -बड़ कर लो लास्ट फाइव मिनट कर लिया आप लोगों ने या फोन में देखने देख में लग रहा हूं? ऐसा नहीं है ना चलो जीते आप वृद्धि की परिभाषा बताइए वृद्धि क्या होती है बताइए आप वृद्धि क्या है बताइए फटाफट रहती है आपको नंबर मिल जाएगा ऐसे ही बताइए नहीं पता बैठ का खड़ी हो जाओ पढ़ लिया तैयार कर लिया विकास की परिभाषा बताओ विकास क्या होती है विकास किसे कहते हैं बताइए क्या होती है विकास? बड़ा-बड़ा के थक जाओ फिर भी याद नहीं करना है तुम खड़े हो जाओ क्या अरे पूछा क्वेश्चन अभी पूछेंगे ना आप शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है बोलिए एमआर की परिभाषा बताओ मेंटल डिटाइटेशन की क्या परिभाषा होगी बताइए नहीं पता बैठ जाओ शिवानी तुम खड़ी हो जाओ कुछ याद किया है क्यों? नहीं। व्यवहार किसे कहते हैं व्यवहार क्या चीज होती है व्यवहार किसे कहते हैं आप बताइए मुझे सिवानी कौन व्यवहार किसे कहते हैं बैठ जा बालकुनी खड़ी हो जा मेमोरी किसे कहते हैं मेमोरी सर हमारी याद का करना पुराने जितनी चीज को ये हम देखते हैं समझते हैं सब को कॉम्पिट में उसको मेमोरी कहते हैं सर हमारी मतलब उसको समझते हैं ही ठीक है बैठ जा एम खड़ी हो जाओ। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि क्या है बुद्धि इंटेलिजेंस। की खड़ी बात है बताओ जो तो भी सीखा है बोलो मतलब उनको सुलझाने ठीक है है बैठ नहीं ये कौन है खड़े हो जाओ भारतीय खड़े हो जाओ साफ़ आप यूनिट जो है 1.4 डेवलपमेंट इसमें हमने सोशल इमोशनल कॉग्निटिव एंड एंड चार पांच पढ़ाया था तो आपको होता है लर्निंग स्टाइल्स एंड टाइप्स लर्नर, यानी इस हमने थंबनेल में सीधा-सीधा इसकी हिंदी लिखा लिखा और इंग्लिश भी लिखा था कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास भी अगर कभी देखना चाहे उसमें भी देख सकते हैं और ऑनलाइन हम साथ संचालित करें जो भी सारी चीजें वो शैली और शैली और शिक्षार्थियों के प्रकार हाँ yes, oh, लिख दो क्या कोर्ट पे क्योंकि तो समय पास हो रहा है ना सीखने सेली। सेली। इसका मतलब लिखा इस हुआ है ना इसका मतलब शैली होते सीखने की, क्या क्या अस्तर हो सकते हैं, इसको अक्सर भी बोल सकते हैं या सीखने के आ, सीखने की शैली सीख कर सकते ठीक है।, है और कि शैली कि किस प्रकार होनी चाहिए हो, शिक्षार्थी जो वो हमारे पास किस किस तरह के लोग आते हैं हमें कैसे बच्चों को डील करना होगा ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे ठीक है लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने सीखने के कई कई सिद्धांत सिद्धांत विकसित विकसित किए किए हैं। हैं। सीखने के कई हैं। जो बच्चे क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो भी देख सकते हैं पेपर नंबर थ्री पॉइंट थ्री उसमें लर्निंग लर्निंग स्टाइल्स हमने लिख दिया और किया हम आपको बता रहे हैं लिखना है तो वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने सीखने के कई सिद्धांत विकसित किए हैं हो गया? आगे लिखे आप लोग और सीखने की शैलियों और सीखने की शैलियों की एक सा की पहचान की है की पहचान की है हो गया आगे लिखिए कुछ सीखने की शैली के सिद्धांत कुछ सीखने की शैली सीखने की शैली के सिद्धांत उन उनवेदी मार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं उन मार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनका प्यों, जिनका उपयोग, उपयोग, जिनका उपयोग छात्र सीखने के लिए करते हैं जिनका उपयोग छात्र सीखने के लिए करते हैं हो गया आगे लिखे हाँ मैम एक बड़ा है। क्या लिखा आप लोगों ने? चिंता छात्र के लिए और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने लाइव क्लास से गए तो नहीं चल रहा ये पाँच कम देख रहे हैं कमेंट करो फटाफट लाइव क्लास वीडियो कमेंट करो फटाफट आरोप यह सीखने से संबंधित है गया। आगे लिखिए। कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है जो इस प्रकार से हैं। कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है जो निम्न इस प्रकार हैं। उसमें पहला लिखना है प्रिंट लर्नर्स यानी कि पहला है प्रिंट लर्नर इसका मतलब होता है कि कुछ बच्चे फोटो या ऐसे देख करके पसंद करेंगे पढ़ने के लिए सब लोग तो एक जैसे थोड़ी ना होते हैं कि हम ओरली पढ़ा रहे हैं उनको समझ ऐसे से आता है आ लोग हैं ग्रुप प्रिंट वगैरह होती है ना उस तरह से भी सीखते हैं या क्वेश्चन मॉडल पेपर दिया जाता है आप लोग पहले एडिंग लिखे इसमें प्रिंट लर्नर प्रिंट लर्नर हो गया नक्स में लिखिए प्रिंट विद्यार्थी डेटा को विद्यार्थी डेटा को प्रिंट में देखना पसंद करते हैं अधिमान्य शब्दों में मुद्रित पाठ्यक्रम मुद्रित पाठ्यक्रम, अवधारणाओं या प्रक्रियाओं के चरणों का परिचय दे, देते समय के चरणों का परिचय देते दे समय प्रिंट विद्यार्थी प्रिंट विद्यार्थी जानकारी के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं समझ गए इतने मैं बोलो और लिखवा दू। एक दूसरे लिख दी लिखिए, एक लाइन और लिख लो लिखिए, है हैंड आउट और हैंड आउट, हैं आउट और, और, और, और, और डी सीट पर सीट पर का अब बंद हो गया होगा <स्टीण> Like लिखिए आगे हिंदी में कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे तो पढ़ेंगे क्या मैंने क्या पढ़ाया वो सेंटेंस का पेड़ होता है ना एस टी डी बोलते ना उसको एस समझा गया? दिमाग चले या चले? दिमाग या क्वेश्चन सब बोल आगे लिखो। उट और एस सी डी सीट कैसे पाल करने एक, एक बच्ची है अभी वो साढ़े तीन साल की है आप उससे बात करोगे ना ऐसे की बोलती है कि क्या बताऊं? मतलब सॉरी ऑफलाइन कहा देख सकते हो उससे में बात करता हूँ तो इंग्लिश में ही बात करती है वो नहीं आप छात्र अपनी एस सीट भी बना सकते हैं ये क्या कहते हैं हो गया आगे लिखिए छात्र अपनी एसटेडी सीट भी बना सकते हैं वर्ड वर्ड गेम गेम प्रिंट आउट, वर्ड गेम HD, एक मिनट क्या लिखा वर्ड गेम आउट, वर्ड गेम प्रिंट आउट शिक्षार्थियों को प्रमुख शब्दों और अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकते हैं वर्ड गेम प्रिंट को प्रमुख प्रमुख शब्दों शब्दों और और अवधारणाओं को विजुअल लर्नर्स हो गया, गया। विजुअल मतलब देखकर देखकर क्या हाँ बोलें आगे देखिए दृश्य विद्यार्थियों को अवधारणा को सेंटेंस बैठ नहीं रहा है ऐसे ऐसे लिखना है यानी कि दृश्य विद्यार्थियों ठीक है वो अवधारणा समझने में या देखने में समझने में या देखने में विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को विजुअल यानी कि विजफुल माध्यम are ad ज्यादा आपने देखा होगा जो थी नोट्स बुक वगैरह होंगी उसमें एक एप और एप्पल एप्पल तो छोटा सा लिप हाँ। हाँ। उसके फिगर तो बहुत बड़े बने होंगे लेकिन लिखा गया होगा छोटा सा क्योंकि उनका मेन फोकस कहाँ रहता है पिक्चर्स पे तो इससे क्या होती है कि बच्चों को सीखने में जैसे आप बहुत साल पहले कहीं गए रहे होंगे गए थे नहीं अगर बारे में कुछ जानकारी आपने पूछा जाए तो आप देखिए आप उसके बारे में शायद दो चार मिनट बाद डिमांड करके सारी बातें अपटेट बता सकते ऐसा है या नहीं तो भ्रमण क्यों कराया जाता है कॉलेज टूर पे या कॉलेज कहीं ऐसी जगह पर क्यों जाना चाहता है जिससे बच्चे वहाँ पे देखें और सीखें उस चीज़ को इसी बच्चों की क्लास में छोटी बच्ची क्लास में आपने देखा होगा एक्टिविटी रूम बनाई जाती है जिसमें उनके खेलने से संबंधित ट्रेवल से संबंधित और खाने से संबंधित टॉयलट हो सकते हैं उसमें अवेलेबल रहता है जिससे बच्चों को नेचुरली चीज़ों से अवगत कराया जा सके समझ सके कि ये है क्या जैसे एरोप्लन दिखा रहे थे ये एरोप्लेन है तो बच्चों को मन में शुरू में तो यही लगता है यही सब कुछ एरोप्लेन होते हैं लेकिन जैसे जैसे बहुत होता है फिर को तो समझ आता है एरोप्लेन ये छोटे बच्चों के लिए होता है और जो सच में एरोप्लेन होता है वो बहुत बड़ा होता है लोग सच में बैठ सकते हैं ऐसा कुछ होता है ना तो आप लोग भी जब भी कोई एम्स वाल यूज़ करेंगे तो बच्चों को विजलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे ठीक है ना अब आगे हमने लिखवाया है आज हैं भी ले जाएंगे चलेंगे। अभी इसका तो अगले महीने को टाइम कहाँ मिल पाएगा है? नहीं तो चार दिन का एक का दो तीन दिन का रहता है जैसे वो दो तारीख को आएंगे तो दो तारीख को विजिट करेंगे देखेंगे की अच्छा ये बच्चे है यही आते हैं सर होगा कि अगर सारे बच्चे आ गए तो ना आप लोग फोटो तो खिंचवा तो देंगे नहीं तो मना करवा देंगे सर नहीं फोटो यादव तो और फोटो तो सर आ रहे हैं एक लोग सीधा सीधा छत्तीसगढ़ से एक लोग आ रहे हैं और एक लोग आ रहे हैं देहरादून जहाँ पे आप लोग जाने वाले थे प्रैक्टिकल के लिए बताऊँगा चले गए हो कितना अच्छा रहता पंकज सर हैं वहाँ पे डॉक्टर पंकज सर हैं उन्होंने अपनी बुटीक भी लिखी गई है स्पेशल एजुकेशन भी आई उन्होंने बल्कि आप भी तो नहीं आ रहे हैं चला जाता उस समय तो बच्चे में किसी फिर फोन करके कर गए थे दिखता ये कह रहे हैं वो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं तो आ रहे हैं करने से कोई फायदा नहीं है हम चाहते हैं हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम लोग तो अभी नहीं जाओगे हुआ क्या हम मैनेजमेंट से डिस्कस किए तो पता लगा कि वो बोले कि हमें परमिशन लेना होगा क्या तुम जाओगे स्टाफ भी जाएगा तो थोड़ी परमिशन लेना होगा ऊपर से हाई अथॉरिटी है उसे परमिशन लेने में पता लगा कि और उस दौरान जब वहाँ पर बात चल रही थी कि सबसे जान है तो उधर क्या जन्मा आगे साथ छवियों से भरी हुई है हो गया कुछ छात्रों के लिए कुछ छात्रों के लिए ये चित्र सीखने की कुंजी और उनके सीखने के स्तर को, को लिख रहे हैं लिख लो इसको क्या बोलते हैं सूत्री बात किया गया इसे, में। इसे क्या क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं और लर्नर मतलब मतलब मतलब विद्यार्थी जो में बच्चों को जैसे ना तो। ये बच्चा है मतलब क्या होती। और मतलब सुनना ही तो होता है है होती होता फिर के बारे में में कि कि जैसे सुनने में जिसको समस्या हो। वैसे वैसे विद्यार्थी या या लोग लोग कुछ होते होते हैं हैं हैं ना करते वो अच्छे नहीं किसी बात को सुन लिया कर लिया कर देखिए उच्च सुनवाई सीखते हैं आई। सीखते हैं, श्रवण विद्यार्थी आगे सीखते हो गया पहली लाइन दूसरी लाइन में आ गया, लाइन लिख ली है श्रवण विद्यार्थी जो पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ते हैं प्रमुख आगे लिखिए कॉमा करके कॉमा प्रमुख विचारों के प्रमुख विचारों के बोले गए सूदृढ़ीकरण से लाभ लाभान्वित होते हैं के बाद तैयार की गई शब्दावली स्पेलिंग अवधारणा, कुंजी इस अवधारणा, अवधारणा, समझ को संक्षेप समझ में प्रस्तुत करने या सुदृढ़ करने में सहायता के लिए छात्र मौखिक प्रस्तुतियों का प्रयोग करें उची कौमाअारणा समझ को सापेक्ष में प्रस्तुत करने या सुदृढ़ करने में सहायता के लिए सहायता के लिए छात्र मौखिक प्रस्तुतियों का प्रयोग करें टेक्सटाइल लर्नर सीखने वाले में करने वाले करने वाले विद्यार्थी, विद्यार्थी विद्यार्थी करने करने वस्तुओं वस्तुओं को को छूकर या छूकर छूकर या संभालकर सबसे अच्छा सीखते हैं आगे लिखे फुल स्टॉप देखने वालों की संख्या पाँच लोग देख रहे हैं बस हैं चेक कर लो एक बार कमेंट कर लो काफी टाइम हो गया शायद यूट्यूब पे नहीं लग रहा हो तो कि सब चले गए देखने वालों की संख्या कम हुँ? चौथी कक्षा अच्छा तक स्पर्श चौथी कक्षा अच्छा तक स्पर्श एक छात्र ने प्रदर्शन को दोहराने के लिए कहे सुनते हो इतने स्लो तो बोल रहे हैं फिर भी पता नहीं बार पूछने की आदत नहीं जाएगी छात्रों सॉरी छात्र में कक्षा में एक प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के बाद यानी कोई एक्टिविटी किया ठीक है? कि तो है ना आगे अन्य छात्रों को प्रदर्शनकारी प्रदर्शन को प्रशिक्षित करने की अनुमति दे अन्य प्रदर्शनकारियों को अन्य छात्रों को प्रदर्शन का पहला सेंटेंस क्या बोला था मैंने अन्य छात्रों को प्रदर्शनकारी हो तो गया प्रदर्शनकारी को प्रशिक्षित करने की अनुमति दें इसलिए बार बार रिपीट करने सेंटेंस में इस मैच हो जाती है तो आप लोग एक बार बोलें और आप लोग सुन लिया करो ध्यान सेकेंड से पॉइंट है इसमें गतिविधियों जब गतिविधियों में जब जब भूमिकाएं लेना शामिल हो जब गतिविधियों में भूमिकाएं लेना शामिल हो तब प्रत्येक छात्र को सर बिलनी चाहिए o e quinto भागले आपको हिस्सा है।, है।, तो है इसमें दो तो पॉइंट्स है इसको भी लिख लीजिए फिर ये यूनिट कंप्लीट हो भी दो पॉइंट्स हैं उसको लिखें, तो एक एक एक स्टेशन स्टेशन स्टेशन स्टेशन से से से कमरे के भीतर दूसरे दूसरे पर जाने की आवश्यकता होती है। है? का मतलब यहां एक से ठीक दूसरा पॉइंट लिखिए कुछ गतिविधियों के दौरान छात्रों दौरा, दौरा, को संसाधनों का उपयोग करने के लिए कुछ के कुछ के छात्रों को संसाधनों का उपयोग करने के लिए कुछ संसाधनों का उपयोग करने के लिए करने के लिए कमरे में की अनुमति दें कमरे में घूमने की अनुमति दें उदाहरण के लिए या फॉर एग्जाम्पल एक शब्द कोशिल शॉर्पनर या सिक्का अब इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट और समझाते हैं जैसे उदाहरण के लिए हो गया एक शब्द कोशिल पेंसिल और शॉर्पनर दोनों एक साथ रहेंगे या सिक्का नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें छात्रों को असाइनमेंट पूरा करने के लिए छात्रों को असाइनमेंट पूरा करने के लिए कक्षा में उपलब्ध तकनीकी उपयोग उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देना छात्रों को असाइनमेंट पूरा करने के लिए कक्षा में उपलब्ध तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देना यूनिट 3.4 कल की क्लास में पूरा होगा ठीक है आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है अब इसमें समझ लीजिए एक बार उन्होंने जैसा उदाहरण लिखवाया है एक शब्द कोई भी ऐसे शब्द जिसको बार बार रिपीटेशन की संभावनाएँ हो जैसे पेंसिल और शॉर्पनर की बात क्या हो अब जब हम शॉर्प करते हैं तो क्या हो तो एक ही गतिविधि बार बार दोहराई तो जाती है नहीं पॉइंट को हवा में उछालने के बाद तो कोई रिएक्शन करता है या नहीं करता है ना तो यहाँ मोमेंट्स की बात हो रही है तो पैर की बात हमने यहाँ पर है इसका ये असर है कि हर एक स्थिति में किसी भी सेंटेंस को किसी भी वाक्य को मूवमेंट करने की जो स्थिति होगी वो हमारी कैलिथेटिक लर्नर्स में आएगा ठीक है तो सीखने की स्टाइल भी आप लोगों को पता लग गया और टाइप्स ऑफ लर्नर्स जैसे आप किस तरह से सीखा भी सकते और सीखने वाले भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन आता है तो ये पूरे एक ही उसमें आएगा सात नंबर या पाँच नंबर एक क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग इसको अच्छे से याद कर रहे हैं जैसा आप लोग चलो आज आशास